हरे कृष्णा तो सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में आज एकदम छोटा तो सा श्लोक है लेकिन समझना यह है व्यक्त क्या होता है और अव्यक्त क्या होता है बस ये दो वर्णी समझने दो वर्णी हैं ब्रह्मा की रात्रि मतलब अव्यक्त और ब्रह्मा का दिन मतलब व्यक्त ठीक है तो व्यक्त अव्यक्त क्या होता है उसी पर चर्चा करते हैं सबसे पहले हम मंगलाचरण करते हैं Okay. ओ तिरांध्याजनाशलाकया चक्षुरा मिलता तस्म श्रीगुरीव नम श्रीचैतन्य मनोभीष्ट स्थात येन भूतले स्वयं रूप कदा ददा स्वदातिक वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरोन वैष्णवांश श्रीपम साग्रहगढ़ रघुनाथ सजीव साधु सावधुत सहतम कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पादान सहगढ़ ललिता श्री विशाच हे कृष्ण कर्ण सिंधु दीनबन्धो जगत्पति गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्त तप्त कांचना गौरागिराधे वृंदवेश्वरी वृषभते दिवी प्रणमा हरी प्रिवा कलपतरूप कृपा सिंधुभ्य च पति पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु श्री श्रीअदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे रामाय राम राय रामभद्रा रामचंद्रा वेदसे रघुनाथय सीतया पतले नम नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदंता स्वामी प्रतिनामे नमस्ते सारस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा हरे कृष्णा आज वैसे भी छोटी है तो मैं चाहता हूं कि मैं चाहता कि कल के में कुछ पूछ पहले ज़ूम वाले से पूछता हूँ हाँ कौशल प्रभु बताइए अनम्यूट करके बताइए कि पिछले श्लोक में ब्रह्मा की आयु कितनी बताई गई थी क्या बाहर हरे कृष्ण एक हजार युग एक हजार युग है थोड़ा व्याख्या कीजिए ना उसको तैतालीस लाख बीस हजार एक ये मल्टीप्ला मतलब चारो महायुग होने से एक चतुर्युग होता है और ऐसे चतुर्युग इकहत्तर चतुर्युग हो जाए तो एक मनु बनता है और ऐसे चौदह मनु ऐसे चौदह मनु होने से ब्रह्मा का एक दिन होता है अच्छा और इतनी ही बड़ी होती है तो अब आज के श्लोक में ये बताया जा रहा है कि जो इतने यार जो काउंट करके है अभी इतना टाइम टाइम इतने ताँ तक ब्रह्मा का दिन होता है तो उस दिन में सब लोग जीवित रहते हैं मतलब व्यक्त रहते हैं मतलब नहीं? ले रहे हैं मतलब कर्मानुसार मर रहे हैं जन्म ले रहे हैं मर रहे जन्म ले रहे मर रहे जन्म ले, ले, ले, ले रहे ये सब ऐसे हो रहा है कोई प्रलय नहीं हो रही कुछ नहीं हो रहा है हाँ एक दिन हाँ ऐसे इकहत्तर तब एक मनु हाँ मनु। तब एक तब दिन तब उस बारह घंटे सब चलायमान रहती है सृष्टि सारी रहती है सब मतलब लोग मतलब आते हैं जीते हैं चले जाते हैं मरते जाते ऐसी करके हो रहा है हो रहा है हो रहा है फिर इतने ही टाइम का उनकी रात्रि होती है उतने टाइम की उनकी रात्रि होती है उसमें सारे जीव कहाँ चले जाते हैं अव्यक्त मतलब व्यक्त मतलब है अव्यक्त मतलब है कि सारी एंटिटी जो जीव होते हैं वो अपने शरीर को छोड़ के मन बुद्धि अहंकार के साथ और आत्मा सोल के साथ जो ब्रह्मा है ब्रह्मा सबको लेके मतलब चले जाते हैं जो गर्भोत्साह विष्णु है उनकी गर्भ में निवास करते हैं और जब अगला फिर दिन आता है तो उसमें से ताकि लोग फिर अपने लोगों में पहुंच जाते हैं हाँ मतलब हाँ जब दिन पूरा हो जाता है प्रलय होती है जब प्रलय होती है आंशिक प्रलय होती है उसके बाद जब उनकी सुबह होती है तो सुबह के हिसाब से जो मन बुद्धि की परमाप्त होती है तब सारा पूरा ब्रह्मांड है जो पूरा ब्रह्मांड वो पूरा चला जाता है कर्णों तक तो विष्णु है उनके कर्म है मतलब जो कहते हैं ना चलेगा सारे ऐसे करके पूरे ब्रह्मा की परमायु तक और जब फिर वो बाहर करेंगे तो ब्रह्माजी की फिर से प्रकट होंगे फिर हो चौबीस तो घंटे एक साल ऐसे सौ साल मतलब? ऐसे सौ साल होगा हाँ तब वो प्रलय होगा हाँ तब परमायु तब करणो दक्षा विष्णु मिलाएंगे जो की जिनके रोम से रोमोप से ब्रह्मांड निकलते हैं उन ब्रह्मांड में कौन समाते हैं गर्भोद विष्णु और गर्भोदाय विष्णु को जो ब्रह्मांड जो अंदर समय उनमें छीरो दिखाई विष्णु जो परमात्मा के रूप में तो और कुछ नहीं वैसे प्रभुपात जी ने इसमें तात्पर्य दिया नहीं है बिल्कुल समझ में आ जाएगा दो चीजें समझ में तो पहले हम श्लोक का उच्चारण करते हैं फिर देखते हैं थोड़ा और बातें समझाते हैं अव्यक्ता सर्वाहरा ग तत्रस अव्यक्ताल संगके ओके संग तो पहले मैं उसको समझा देता ऊपर की जो है सर्वा प्रवन हरागमे जो ब्रह्मा जी का दिन है उसमें जो जीव हैं वो अव्यक्त होते हैं अव्यक्त अवस्था में रहते हैं रात्या गमे रात्यागमे पीड़नते और जब रात्रि उनकी खत्म हो जाती है समाप्त हो जाती है तो उसका जीव वापस अव्यक्त से व्यक्त वाली अवस्था में जाते हैं तो अव्यक्त से व्यक्त आते हैं अव्यक्त से फिर अव्यक्त ये चलता रहता चक्कर जब तक प्रलय नहीं हो जाती तब तक ठीक है ओके ठीक है नेक्स्ट ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं विलीन का मतलब यह है कि समाप्त हो जाते हैं मतलब विलीन का मतलब यह है कि जब वो ब्रह्मा जी अब रेस्ट करते हैं तो जीव का जो मन बुद्धि इनकार सोल है ना वो सब अदृश्य हो जाते हैं मतलब कुछ नहीं होता और जब सुबह होती है तो सब फिर फिर से दृश्य होने लगते हैं और फिर जिन जिनका जो जो जहां पे थे वहीं पर उनको जन्म मिलते हैं अब को बोले अरे जब प्रलय हो रही है तो प्रलय होने पे तो सारा कुछ नष्ट हो गया तो फिर ये कौन डिसाइड करता है कि क्या जन्म मिलेगा कैसा मिलेगा वो कुछ क्योंकि शरीर यहाँ पे सिर्फ नष्ट होता है लेकिन मन बुद्धि अंकार जो सूक्ष्म शरीर है वो साथ जाता है तो सूक्ष्म शरीर में तो सारा कुछ है ना एक्चुअली ये तो एक ढांचा है हम सोच रहे हैं समझ रहे समझ हैं समझने की जो शक्ति है सोचने की है और क्या क्या भरा है वो सब कहा भरा है सब बुद्धि में मतलब क्योंकि मतलब कहते ना सूच शरीर मन बुद्धि अहंकार अहंकार में सब बरा इसने मेरी ये कर दिया तो ये सब तो जाएगा ना साथ। तो उसी के साथ कर्मानुसार तो ब्रह्मा जी की रात्रि कितनी लंबी है ये तो हमने कल पढ़ाई था हजार युग हजार युग में बारह घंटे हजार युग में सिर्फ बारह घंटे अगर आयु काउंट करे ना अपने साल में तो क्या था ट्रिलियन बिलियन जो थे ना थ्री हंड्रेड फोर ट्रिलियन बिलियन ऐसे करके अरे वो इसमें नहीं आना अक्सल में आ रहा है ना कैलकुलेटर में आ रहा है आ ही नहीं रहा इतने साल तक हम रहते हैं है ना तो भगवान से पता नहीं, हुए और हाँ एक खास बात अभी अगर कोई ये पूछे कि अभी ब्रह्मा की आयु कितनी हो गई है अभी ब्रह्मा की आयु कितनी अभी ब्रह्मा की आयु पचास क्रॉस कर ली महीने चल रहा है नहीं आठ सात में चल रहा है वो, चल रहा, वो तो चल रहा है लेकिन वैसे उनकी सौ साल होती ना सौ साल में पचास साल के हो चुके हैं बताते हैं कि जो पचास साल से पहले रहते हैं तो जगन्नाथ जी भगवान है वो नील माधव नाम से प्रकट होते हैं नीलमाधव नाम से रहते हैं नीलमाधव के नाम से और जब पचास साल ब्रह्मा के ऊपर जाते हैं तो उसके बाद वही नील भगवान नील माधव भगवान जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट होते हैं क्योंकि जगन्नाथपुरी जो स्थान है वो शाश्वत जब वो परम खत्म हो जाती ब्रह्मा की तब भी वो खत्म नहीं होता शाश्वत है वहाँ पे एक तरह से यह है कि वहाँ पे जो जीव हैं उस टाइम पे प्रलय वाला कुछ भी आ जाए वो शाश्वत स्थान जगन्नाथपुरी हाँ जाएंगे जब कौन ले जाएगा तब जाएंगे अभी तो चित्रकूट जा रहा है अभी राम के वहाँ जा रहे हैं फिर देखो ठीक है तो ब्रह्मा जी की रात्रि के समय एक चीज और समझनी होगी हमें जो मीट खोला गया कौन बोल रहा है कुछ कोई नहीं आवाज़ आवाज़ कम ना मेरी हो, हो, हो रही जो महर लोक बताया गया है महर लोक तक नष्ट होता है उसके ऊपर नष्ट नहीं होता यानी महर लोक के जो नीचे जितने भी लोग आ रहे हैं पृथ्वी आती मध्य लोग में वो सब नष्ट हो जाते हैं सब खत्म करके सुबह होती है मतलब उनके अगले दिन जब जगते हैं तब फिर से होती है ऐसे करके लेकिन पूरा ब्रह्मांड खत्म नहीं होता मतलब जो, से जो निकल रहा है, वो पूरा नहीं होता, क्योंकि आकाश तत्व रहता है आंशिक हाँ हाँ उतने से होना ये कुछ नहीं होगा ये तो कुछ नहीं लोग मार मुरूदे जो बचेंगे कुछ कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा जो प्रलय होती है वो ब्रह्मा की वो तब होगी अभी तो वा, वा चल रहा है ना अभी खत्म होगा फिर फिर मनु आएंगे मनु आएंगे तब होगा वो तो अभी कुछ नहीं होगा अभी तो सब समाप्त तो हो गया मान मतलब लो भूकंप आ गया आंधी आ गई पानी आ गया सब बिल्डिंग विल्डिंग समाप्त होगी फिर से समाप्त हो जाएगा फिर से वो चलेगा ऐसे करते हैं मतलब इस तरीके से वैसे कोई वैसे प्रलय नहीं होगी वो प्रलय होगी तभी होगा तो जो महर लोक है जो तक सारी प्रकृति नष्ट हो जाती है तो सारे जीव फिर चले जाते हैं गर्भोदी विष्णु के घर में चले जाते हैं वहां पे अव्यक्त अवस्था तो में रहते हैं मतलब कि जैसे कोई आप सो रहा हो तब सोते तो समझ में आता है पता चलता है मतलब सोच चुका हो तब तो कुछ पता नहीं चलना है? तो ऐसे ही रहता है तो तो उनको कुछ होश नहीं रहता कि हम कहा है क्या है जबकि गर्भोदीक्ष विष्णु का तो दिव्य स्थान है वैकुंठ समझ लो तरीके से तो वहां तो आनंद आता होगा लेकिन क्यों वो सब भूले रहते हैं पता नहीं चलता की कहा मान लगे की बढ़िया नींद आ जाए तो क्या पता चल रहा है कहाँ है कहाँ नहीं है सो गए ना नहीं चलेगा सोने में पता नहीं चलेगा तो यही बता रहे हैं और बता रहे हैं करते हैं व्यवस्था में और दिन होता है तो ब्रह्मा जी का तो फिर से सब व्यक्त हो जाते हैं अब कोई पूछे अव्यक्त का मतलब क्या होता है अव्यक्त व्यक्त अव्यक्त तो इसमें बता रहे हैं जैसे कि जब भगवान की जब ब्रह्मा जी की नाइट आती है तो अव्यक्त हो जाते हैं और जब दे आता है तो व्यक्त हो जाते हैं अब मतलब कि सुप्त अवस्था में चले जाते हैं एकदम अपना शरीर छोड़ छाड़ के सुप्त अवस्था में रहते हैं सोल और मन बुद्धि अहंकार मतलब कि कोई कोई मतलब ऐसा नहीं है कि क्रिएटिविटी नहीं एकदम शांत है कुछ पता नहीं चलता उनको ठीक है कब क्या हुआ एकदम रहता है पूरा दिन खत्म होने के बाद जाते रात्रि जब स्टार्ट होती है लंबा सोचो रात्रि उतनी बड़ी है मतलब जितनी पलतगी चल रही है ना उतने पलतगी सब समाप्त रहती है और पता नहीं चलता तो बहुत लंबा सा है जैसे मैंने कल बताया था गर्भो दसाई मतलब एक गर्भ की तरह अंडा होता है पूरा मतलब तो पूरा जो जो चौदह भवन का जो पूरा है पूरा अंडे के आकार में है आधे में पानी भरा हुआ है आधे में सारे प्लानिट है मतलब चौदह अपने पूरे ठीक है चौदह और बीच में पृथ्वीलोक है बाकी ऊपर फिर तपलोक जनलोक फिर महरलोक नहीं पित्रलोक और फिर महर लोक उसके स्वर्गलोक स्वर्गलोक स्वर्ग के बाद फिर महरलोक है फिर तपलोक जनलोक ये सब क्योंकि स्वर्गलोक भी नष्ट हो जाता है जब ही ब्रह्मा जी की ये दिन खत्म होता है तो स्वर्गलोक भी नष्ट हो जाता है लेकिन महर लोक नष्ट महर लोक के ऊपर नष्ट नहीं होता जैसे ब्रह्मा जी का लोक को सत्य लोक भी बोलते हैं तो वो सब रहता है लेकिन क्योंकि जो जो शेष नाग है जो जिससे गर्भ विष्णु लेटे हैं वो देखते हैं कि ये लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी है। पूरे दिन ब्रह्मा का निकाल दिया गुस्सा आती है गुस्सा आती क्रोध आता है तो ना वो अग्नि से मुख से अग्नि निकालते हैं पूरे ब्रह्मांड को ऐसे अग्नि से जला देते हैं तो सब जल जाते हैं उसमें लेकिन महर लोग के बाद जो लोग हैं वो जल नहीं पाते हैं वहां पे उनकी हीट जाती है गर्मी तो वो सारे अपने लोग खाली करके ब्रह्मा के पास चले जाते हैं सब इस तरीके से अब कोई बोले आग लगा दी शेषनाग ने फिर भी मतलब तो फिर तो सब खत्म हो गया होगा सब जल गए होंगे तो कह जल तो गए सब लेकिन मन बुद्धि अंक वो खत्म नहीं हुआ तब भी वो नहीं जला पाए वो है वो तभी तुम्हें दूसरा शरीर मिलेगा दूसरा शरीर मिलेगा कैसे दूसरा शरीर भगवान देंगे तो किस पर्पज पे देंगे अगर मन बुद्धि अंक ही नहीं है साथ तुम्हारी कोई इच्छा नहीं रह गई संस्कार नहीं है कोई तो देंगे कैसे तो संस्कार इच्छा के साथ ही तो दूसरा जन्म मिलेगा ना सोचे हम पीछे आ गए हाँ तो गर्भ चले जाते हैं यानी ये जो अठारवा श्लोक है ये खाली वर्णन कर रहा है कि प्रलय का वर्णन कर रहा है ना प्रलय कैसे होती है लो कितना और प्रलय होगी प्रलय होगी तो आंशिक प्रलय ये भी महाप्रलय तो तब होती है जब करुण दीक्षा विष्णु में सब चले जाते हैं और भगवान शासण दीक्षा विष्णु में शास है ही ना उनके रोम से निकल रहा है ना फिर उसके अंदर सब हो रहा है ना ब्रह्मा जी उसके अंदर गर्भ गर्वुद्र, गर्भोत्कशाय विष्णु उनके अंदर सारा उसी में चल रहा है ये जन्म मरण उनके वो कुछ नहीं है वो तो बस ब्रह्मांड निकल रहे हैं जा रहे हैं अब सोचो इतनी एज लग रही है ब्रह्मा जी और ब्रह्मा की एज कितनी शाश्वत टाइम पे ब्रह्मांड निकला और वापिस आया निकला वापिस आया इतनी है बस मतलब एक बुलबुला आया और फूट गया इतनी आई हुए शास्व शाश्वत टाइम के हिसाब से ब्रह्मा जी की तो हमारी क्या है क्या है है कुछ भी नहीं और फिर भी और फिर भी जोड़ने में लगे पड़े है ना ठीक है तो बाकी ब्रह्मा का जो दिन आता है उसे कहते है कहते है। तो कल्प कहते हैं और ब्रह्मा की रात्रि से प्रलय कहते हैं तो मतलब ब्रह्मा के एक दिन में प्रलय कल्प प्रलय कल्प ये चलता रहता है प्रलय में होता क्या है तो ब्रह्मा के एक दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और जब रात्रि होती है तो व्यक्त से अव्यक्त अवस्था में चले जाते हैं व्यक्त मतलब प्रकट है जी जी, कहा गर्भोदी विष्णु से फिर सब कहा जाते हैं फिर कर्णो दक्षाई विष्णु तो का शाश्वत है वो नहीं क्योंकि गर्भोदक्षाई विष्णु विस्तारित होते हैं मतलब है शाश्वत है वो भी मतलब लेकिन अब ब्राह्मण चला गया ना तो जब फिर आएगा तो फिर आ जाएगा वहां पर लेकिन लेटे रहते हैं ठीक है और फिर नया जैसे कि फिर जब ब्रह्मा तो जी चले गए करणों तक शाही विष्णु के तो फिर वो बुलबुला फूट गया और फिर नया बुलबुला आएगा फिर बुलबुला दूल दूल फूटेगा फिर नया आएगा ऐसे तो ही चल रही है इस तरीके से चल रहा है तो ऐसे ही घूम रहे हैं आपको बोले कि अरे मर रहे हैं कहां मर रहे हैं कहाँ मर रहे हो तुम घूम ही तो रहे हो ना वहाँ गए वहां से आके फिर आ गए फिर वहां से गए फिर जन्म लिया फिर गए मर कहा रहे तुम तो घूम ही रहे हो ना फिर करणों के पेट में चले जाओगे वहाँ वहाँ सुप्त अवस्था में रहोगे फिर नीचे आ जाओगे फिर ब्रह्मा का दिन खत्म होगा तो फिर विष्णु में चले जाओगे जा जा तो तो तो तो हाँ कहीं भी मिल सकता है वो तुम्हारे उसके हिसाब से असंख्य ब्रह्मांड है ना हमारा ब्राह्मण लग रहा है बाकी दूसरा को उनको वैसा लग रहा होगा अपने जैसा उस तरीके से भक्तों ऐसा नहीं कि ब्रह्मा अरे तो ऐसा तो भगवान के लिए नहीं चल रही भगवान के लिए तो हर एक ब्रह्मांड में चल रही है सूर्य सूर्य सब जगह हो ही रहा है ना इस तरीके से ब्रह, हर ब्रह्मांड में भगवान की महाप्रभु की भी चल रही होगी नहीं लेकिन जो मर लोग से ऊपर होते हैं वो लोग नषनी होते बता दिया हमने सुना था की जो ब्रह्मा जी का दिन और रात को जानते हैं वे कौन है पिछले सुना था ना कि जो ब्रह्मा जी के दिन और रात को जानते हैं तो वो वही है जो मह लोग से ऊपर है ना वही जानते हैं वही तो देख पा रहे हैं ना अरे ब्रह्मा जी की रात रात आगे रात आ गई चलो चलो चलो खाली करो चलो चलो, चलो उनके पास ना मान लो कि अपनी कोई डेट फिक्स होगी इस डेट को ना मतलब ऐस ऐसे ऐसे जहरीली गैस छोड़ी जाएगी तो उससे पहले खाली कर जाओ प्लेनेट तो ऐसे उनको पता चलता रात होने वाली है चलो चलो चलो को को जानते हैं ना की रात को लेकिन नीचे नहीं जानते शेषनाग तो तो तो वो मुख से अग्नि प्रकट करते हैं तो उसकी वजह से सब ये होता है और जो महरलोक है तब तक नष्ट नहीं होता महरलोक तक सब हाँ महरलोक तक सब नष्ट होता है तो शरीर भी नष्ट हो गए और जीव अव्यक्त में प्रवेश कर जाते हैं मतलब शरीर जीव, जीवों के क्या कर्मों का वो है उसके हिसाब से दोबारा फिर सुबह होती ही फिर उनको वैसी सृष्टि होती है और वैसे फिर शरीर मिलता है और जब ब्रह्मा जी की रात्रि आती है तो उस, उसमें आकाश नष्ट नहीं होता जो आकाश दिख रहा है ना उनको दिख रहा है आकाश रहे तो आप खाली ही है ये ना आकाश ये दिखा रहा है तरीके से हाँ तो वो आकाशीय जैसे कि एक एग्जांपल बढ़िया देते हैं उसका बादल का मान लो कि जब बादल बरसता है मान लो तो देखा मतलब घना घन बारिश होती है तो हमें दे, बादल देखे क्या लगता है पूरे आकाश में ही है, मतलब पूरे में ही है ना ऐसा तो लगता लेकिन वो एक तनका सा होता है तिनका सा है अगर तो तुम तो ऊपर जाके देखो ना तो तिनका सा होगा वहां है पानी सा हमें नीचे का लग रहा है पूरे में जैसे करके तो आप कहीं भी चले जाओ वो बादल बादल पूरे तो ऐसे करके फैला हुआ ऐसा कुछ नहीं है वो खाली तिनका सा ही है पूरे अगर आप ब्रह्मांड की बात करिए ना तिनका सा तो ऐसे ही बताते हैं जो भगवान का धाम है जो जो तो परम दिव्य आकाश है उसमें ये आकाश एक बादल के तिनके की तरह ही है तो हमें कितना बड़ा लगता है कितने भी चले जाओ लम्बी वो दिखता ही रहेगा दिखता ही रहेगा दिखता ही रहेगा इस तरीके से बहुत है है तो पीछे क्यों चले जाता हूँ ठीक है तो अभी ब्रह्मा की आयु क्या है जैसे बताया मैंने पचास साल तो ब्रह्मा जी के पचास साल पहले जगन्नाथ नीलमाधव के रूप में रहते हैं और अब पचास साल के बाद जगन्नाथ के रूप में रहते हैं और जगन्नाथपुरी शाश्वत स्थानी तो चाहिए ठीक है तो श्लोक में कुछ थाने, ये नहीं, नहीं और तात्वर नहीं अनुवाद अकेला अब कल आएगा भूतवा भूत प्रेलिये मतलब उसमें प्रभुपात जी समझाएंगे कि कैसे इंसान का जन्म होता है खत्म होता है जन्म होता है खत्म होता है यही ये मतलब मर रहा है, है, रहा है तो उसको और विस्तार से बताएंगे ब्रह्मा जी के दिन को रात्रि को इसमें। तो इसमें अभी यही सब चलेगा अट्ठाईस श्लोक है इसमें तो इस तरीके से चलेंगे थोड़ा समझने वाले क्योंकि भक्तियुग चल रहा है ना मतलब मैन सात से बारह ओके तो आप पूछा जाए पहले क्यों नहीं नहीं से ऑफलाइन हो जाते हैं ठीक है रेखा बत, अनम्यूट करो एक सेकंड क्वेश्चन आंसर रिकॉर्डिंग ऑफ हरे कृष्णा जगत गुरु शील रूपाद की जय श्रीमदगीता की जय नेता गौर पर